ओम मनुज्ज मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतांबर इष्टम वातात्मजम मानय मुख्यम श्री रामदूतम शरलं प्रपद्य वार के अधिपति देव हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में वंदना करते हुए मैं ज्योतिर्विदाशीष पांडे आप सभी के समक्ष मंगलवार दिनांक ग्यारह फरवरी का दैनिक राशिफल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विक्रम संबत् दो हजार छिहत्तर सख फाल्गुन मास और आज जो तिथि रहेगी ये कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि रहेगी तृतीया तिथि के बारे में ब्रह्मा व्यवस्थ पुराण में बताया गया है कि परवर का सेवन कदापि नहीं करना चाहिए परवर यदि आज के दिन आप लोग इसका सेवन करते हैं तो शत्रुओं की वृद्धि होगी सूर्योदय होगा प्रातः छः बजकर पचास मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को बजकर फालक्षते हैं तो वरिज और विष्टिकरण रहेगा वही अतिगंड और सुकर्मा नामक योग रहेगा चंद्र राशि जो रहेगी चंद्रदेव जो चलायमान रहेंगे तो शाम को सात बजकर तिरालीस मिनट तक की सिंह राशि में चलायमान रहेंगे ये कन्या राशि में तो उत्तर दिशा की ओर तो यात्रा करने से आज आप लोगों को बचना रहेगा उत्तर दिशा की ओर यात्रा मत करिएगा लेकिन यदि किन्ही कारणवश आज आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो गुड़ का सेवन करके आप लोग यात्रा कर सकते हैं साथ ही साथ दर्शकों पहले दक्षिण की ओर चार पग चल लीजिएगा फिर उत्तर दिशा की ओर आप लोग यात्रा करिएगा मेज से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ रहेगा हाल इस पर हम चर्चा करते हैं साथ ही साथ दर्शकों आप सभी लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेलाइकन दबाइए जिससे हमारी सारी वीडियो बिना किसी बाधा के आप तक के पहुँचते रहे और प्रत्येक रविवार रात्रि दस से ग्यारह बजे तक हम लाइव आते हैं तो जो भी सम्मानित दर्शक आप लोग अपनी कुंडली पर कुछ पूछना चाहते हैं तो संडे वाले दिन पूछ सकते हैं यदि आपको और जल्दी पूछना है तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं शुल्क के साथ वो सुविधा है और बात कर सकते हैं बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा सा अमाउंट रखा है तो उसको आप पे करके आप विस्तार पूर्वक अपनी कुंडली पर हमसे चर्चा कर सकते हैं मेष राशि के जातकों आज का दिन आपके लिए काफ़ी शानदार रहेगा काफ़ी समय से जो रुके हुए काम थे ये आज आपके पूर्ण होते हुए चले आ रहे हैं मेष राशि के जो छात्र वर्ग हैं पढ़ाई से संबंधित आज इनको हर मामलों में विजय प्राप्त होती हुई दिखाई पड़ रही है इनके कॉन्सेप्ट आज क्लियर होंगे शिक्षकों का इनको साथ बहुत अच्छा मिलेगा साथ ही साथ आज लंबी दूरी की यात्राएं भी हो सकती हैं कोई यदि आज मेष राशि के जातक कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो इनके पक्ष में आ, कोई जो है बढ़िया सा रिजल्ट आ सकता है इनके एग्जाम्स तो बहुत अच्छे होंगे और आज शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई गतिवती गतिविधि में जो है प्रतिभाग करते हुए मेष राशि के जातक दिखाई पड़ रहे हैं संतान से साथ ही साथ कुछ मीठा आज आपको गरीबों में बांटना रहेगा जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा नौ हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जातकों आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा और आज, आज आपको अपने काम को बेहतरीन करने के तमाम मौके मिलेंगे जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें किसी मल्टी नेशन कंपनी से जॉब का ऑफर इत्यादि आ सकता है आज जो लोग जो है ज्वेलरी हीरे ज्वेलरी का या सोने चांदी से रिलेटेड चीज़ों का व्यापार करते हैं उन्हें कोई बहुत बड़ा लाभ या फायदा हो सकता है करियर में आगे बढ़ने के आज आपको तमाम सु प्राप्त होंगे आज आपको आपके गुरु लोगों का सहयोग प्राप्त होगा टीचरों का सहयोग आज आपको प्राप्त होगा आज आप किसी नए कोर्स में दाखिला इत्यादि भी ले सकते हैं माता पिता का सहयोग आज, आज आपको बढ़िया रहेगा और भौतिक सुख जो है सुविधाओं में आज वृषभ राशि के जातकों को इजाफा होगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आप लोग कोशिश कीजिएगा लाल मसूर की दाल का दान आ, हनुमान जी के मंदिर में करिएगा साथ ही साथ गाय को गुड़ जरूर आज आप लोग खिलाइएगा शुभ कलर भी आपके लिए रहेगा ऑरेंज और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो हमारी जो अगली राशि आती है ये आती है मिथुन राशि जेमिनी तो मिथुन राशि के जातकों आज आपको मेहनत से किए गए कामों का फल बराबर मिलेगा जिससे आप लोग काफ़ी राहत महसूस करेंगे किसी कार्य में अधिक समय लगने से आज आपके जो दूसरे काम हैं ये अधूरे छूट सकते हैं आज आप किसी से मदद लेने में पहली बात तो हिचकिचाइएगा नहीं आ, मदद जब लेना होगा तो आप लोग मदद मांगिएगा और निश्चित ही आज आपके मित्र लोग आज आपके परिवार के लोग आपकी हेल्प करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ आज आप लोग कोशिश कीजिएगा कि सबके साथ आप व्यवहार अच्छा बनाए रखिएगा पार्टनरशिप साथ ही साथ हनुमान जी को आज बूंदी से बनी हुई मिठाई आप लोग अर्पित करिएगा हरा रंग आपके लिए शुभ रंग रहेगा और तीन अंक आपके लिए सर्वदा शुभ अंक रहेगा वही कर्क राशि के जातकों तो आज आपका ध्यान पुराने काम को पूरा करने में लगेगा जिससे आज, आज आप जल्द ही अपना काम पूरा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज आपको मानसिक रूप से कुछ अच्छा महसूस होगा आगे की पढ़ाई के लिए यदि आप लोग फॉरेन जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं पैसों के लेनदेन के मामले में आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने के सितारे सलाह दे रहे हैं किसी को यदि आज आप लोग धन दे रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा लिखा पढ़ी में दीजिएगा अन्यथा आप लोग किसी जो है आपका पैसा आपका फंस सकता है आपका पैसा हो सकता है आपको वापस ना मिले लेकिन यदि ट्रांजेक्शन रहेगा बैंक में तो आगे चल करके आप लोग उनसे वापस ले पाएंगे आज, आज आप लोग अपनी राय दूसरों के समक्ष बिना किसी रोक टोक के बिना किसी हेजिटेशन के बिना किसी परेशानी के रखिएगा आपकी सभी समस्याओं का आज हल प्राप्त होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घर से निकलते समय माता पिता के पैर आशीर्वाद लीजिएगा। साथ साथ ही रहेगा। रहेगा व्हाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा यह रहेगा अंक चार हमारी जो अगली राशि आती, आती है सिंह राशि जी हाँ सूर्यदेव की राशि है ग्रह के राजा है माई बाप है इनकी राशि है तो सिंह राशि के जातको किस्मत का साथ आपको प्राप्त होगा क्योंकि चंद्रदेव आपकी राशि में देखिए चलायेमान है आपके सारे काम इजिली बड़े आसानी से पूर्व होते हुए जो है पूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे हैं महिलाओं के लिए आज का दिन राहत पूर्ण भरा रहने वाला है भविष्य के लिए आज कोई बहुत बड़ी आप लोग योजना बना सकते हैं आज आप वाहन खरीदने का यदि मन बनाना आ, मन बना रहे हैं तो निश्चित रूप से आज कोई वाहन प्राप्ति के योग संयोग दिखाई पड़ रहे हैं बिजनेस में जुड़े हुए कोई बहुत बड़ी डील कोई बहुत बड़ा फायदा आज आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है साथ ही साथ आज जीवन साथी के साथ संबंध आपके मधुर रहेंगे धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं सहयोगी आज, आज आपके काम में मदद करेंगे घर परिवार में प्रसन्नता का माहौल रहेगा आज के दिन आपके मनोबल में वृद्धि होगी करना क्या रहेगा ओम हन हनुमते रुद्रात्म कायम फट इस मंत्र का फिर से सुन लीजिए ओम हन हनुमते रुद्रात्मकाय काय होम इस मंत्र का 108 बार जाप करिए साथ ही साथ गाय को बेसन से बनी हुई कोई जो है मीठी चीज आपको खिलानी रहेगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छ हमारी जो अगली राशि आती, आती है आती है कन्या राशि कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन खुशनुमा रहेगा कोर्ट कचहरी से रिलेटेड मामलों में आज, आज आपको सफलता प्राप्त होगी किसी नई नौकरी कोई नए रोजगार का आज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है सेल से जुड़ा हुआ आज आपको कोई नया जो है नौकरी रोजगार आपको प्राप्त हो सकता है साथ ही साथ जो कन्या राशि के जातक उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाने की सोच रहे हैं तो आज आप लोग जो है अपने अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं उसमें आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है साथ ही साथ यदि आज आप लोग नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं तो आज का समय आपके लिए बेहतर रहेगा किसी अच्छी जगह पर किसी नई जगह पर आज आप लोग जा सकते हैं नौकरी परिवर्तन कि योग बन रहे यात्राओं के योग बन रहे हैं परिवार का पूरा साथ कन्या राशि के जातकों को प्राप्त होगा आज आपको आपके कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का और सीनियर्स का साथ और सपोर्ट ये दोनों मिलेगा उपाय के तौर पर आज करना क्या रहेगा तो देखिए आज कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन आप लोग नमक को एवॉइड कर दें तो बेटर रहेगा तो आज के दिन आप लोग उपवास रखिएगा घर से निकलते समय तुलसी पत्र का सेवन करके आप लोग तब निकलिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात तुला राशि जात को क्या कुछ कहते हैं आज आपके सितारे तो देखिए आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा ऑफिस में किसी से भी व्यर्थ की बात विवाद करने से आज आपको बचना होगा आज आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करने के सितारे सलाह दे रहे हैं क्योंकि गुस्से के कारण आज आपके बने हुए काम वो बिगड़ सकते हैं हाथ में आई हुई कोई डील ये आपके हाथों से जा सकती है किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की सोच रहे हैं तो किसी प्रॉपर्टी के जानकार लोगों से आज आपको बैठ करके बात करनी चाहिए आज आपके साथ प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी मामलों में चीटिंग हो सकती है आपके साथ धोखा हो सकता है साथ ही साथ वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा अन्यथा आज दुर्घटना के योग आपके जो है कुंडली में बन रहे हैं कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा अच्छा रहेगा यदि आज आप किसी समारोह में जा रहे हैं तो अपनी जिब्भा पर आपको काबू रखना होगा किसी से लड़ाई झगड़ा इत्यादि आज आप लोग बिल्कुल प्लीज भी मत करिएगा किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं तो आप पोस्टपोन कर दीजिएगा नेक्स्ट डे करिएगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज बंदरों को आपको केला खिलाना रहेगा साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा वाइट और शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो स्कॉर्पियो की ओर चलते हमारी अगली राशि आती है वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा कैरियर के मामले में अपनी क्षमता से अधिक आज वृश्चिक राशि के जातक जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं साथ ही साथ उनको पूरा करने की आज आप लोग कोशिश भी करते हुए दिख रहे हैं कॉलेज के छात्र आज अपने भविष्य के लिए टीचर से सलाह ले तो लाभदायक साबित होगा किसी खास मामले में आज आपकी सोच बदल सकती है आज किसी जरूरी सामान की खरीदारी की योजना बना सकते हैं नौविवाहित लोगों के साथ नौविवाहित अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे अविवाहितों को आज जो है विवाह के प्रस्ताव मिल सकते हैं हनुमान जी को आज एक आप लोगों को मीठा पान चढ़ाना रहेगा साथ ही साथ आज हनुमान चालीसा का आपको तीन बार पाठ भी करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा आज ब्राउन और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा अंक एक ियस जी हाँ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ आज सितारे लेकर के आए हैं तो धनु राशि के जातकों आज आपकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा आज आपका काम कम समय में पूरा होगा आज आप जो है लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे कार्य क्षेत्र में आज लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे उच्चाधिकारियों से आज आपको देखिए बहुत कुछ मतलब मिल सकता है आपकी तारीफ भी कार्य की हो सकती है आज आपको कोई प्रमोशन इत्यादि दे सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा बोनस इत्यादि आज आपको फायदा करा सकते हैं सैलरी से रिलेटेड दांपत्य जीवन में सब कुछ मधुर रहेगा अविवाहित लोगों के लिए आज कोई विवाह का प्रस्ताव इत्यादि आ सकता है आज बिजनेस में लिए गए फैसले कारगर साबित होंगे मील का पत्थर साबित होंगे आज आपके व्यवहार की हर तरफ तारीफ होगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो देखिए आज आप लोग कोशिश कीजिएगा सुंदर कांड का पाठ करिए क्योंकि शनि की जो है साढ़े साथी आप लोगों के ऊपर चल रही धनुराश के जात को तो अंतिम चरण आ गया है साढ़े साथी का सुंदर कांड का पाठ करिएगा गाय को आज बेसन से बनी हुई कोई जो है मिष्ठान इत्यादि बेसन के लड्डू हो गए या बेसन में आप शक्कर डाल करके खिला सकते हैं ये करिएगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा पीला और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा साथ बढ़ते हैं अपनी अगली राशि पर और ये राशि आती है मकर राशि जी हाँ कैप्रिकॉन तो कैप्रिकॉन के जातको आज आपका पराक्रम बढ़ा हुआ रहेगा घरेलू चीज़ों के लिए आज खरीदारी करेंगे महिलाओं के लिए आज का दिन काफ़ी बेहतरीन रहेगा रोजगार के उचित सुअवसर आपको प्राप्त होंगे और इनको आज आप लोग भुना लेंगे साथ ही साथ यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में तो सक्रिय भूमिका निभाएंगे आज किसी जरूरी काम से आपको कहीं बाहर की यात्राएँ करनी पड़ सकती है आज कानूनी मामलों में जो है किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लीजिएगा साथ ही साथ आपकी आर्थिक समस्याएं खत्म होंगी उपाय के तौर पर आज करना क्या होगा तो देखिए आज मंगलवार दिन रहेगा हनुमान जी का दिन है तो आज लाल रंग का कोई वस्त्र आप लोगों को हनुमान जी को अर्पित करना रहेगा साथ ही साथ हनुमान अष्टक बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भय अंधियारो ये हनुमान अष्टक जो है दर्शकों इसको यदि आज आप लोग मकर राशि के जात को ग्यारह बार पाठ कर लेते हैं तो आपके सभी कष्ट अपने आप स्वतः चले जाएंगे किसी पंडित किसी ज्योतिषी के शरण में आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं होगी शुभ कलर आपके लिए रहेगा नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा 8 आगे बढ़े दर्शकों उससे पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन दबाइए और इस संडे को हम पुनः फिर लाइव होंगे आप लोगों के सम्मुख और आप लोग मिल करके जो है टेलीफोन पर बात करके अपनी कुंडली का भी विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं शुल्क के साथ सुविधा है लेकिन जब हम लाइव होते हैं तो वहाँ पर कोई शुल्क नहीं लेते हैं निशुल्क लेते हैं चलते हैं अपनी सेकंड लास्ट राशि कुंभ एक्वायर्स के ऊपर तो कुंभ राशि के जातकों आज आपका दिन राहतपूर्ण रहने वाला है आज आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा खास करके जो लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो है जुड़े हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड संचार से रिलेटेड टेलीकॉम से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं इनको किसी बड़ी कंपनी से कोई बहुत बड़ा अच्छा ऑफर आ सकता है छात्रों को आज आपकी योग्यता के अनुसार मेहनत का फल मिलेगा और लव मेट के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है पड़ोसी आज आपके धार्मिक कार्यों में करेंगे आपके घर में किसी धार्मिक का धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा आज व्यापारी किसी नए काम की शुरुआत के बारे में सोच सकते हैं आज के दिन विवाह में आ रही दिक्कतें भी दूर होंगी उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो किसी छोटी कन्या को आज आपको कुछ मीठा खिलाना रहेगा साथ ही साथ गाय को गुड़ और रोटी जरूर खिलाईएगा आपके लिए जो है ब्लैक कलर शुभ रहेगा और अंक चार शुभ अंक रहेगा अंतिम राशि पर चलते हैं फटाफट आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारी अंतिम राशि आती आती है पाइसेस अर्थात मीन राशि तो मीन राशि के जात को आज किसी व्यक्ति से आपकी उम्मीदें बढ़ी हुई रहेंगी लेकिन आपकी उम्मीदों पर फिर पानी फिर सकता है आज किसी अनजान व्यक्ति से मदद लेने से आपको बचने की सितारे सलाह दे रहे हैं साथ ही साथ छात्रों के लिए दिन बेहतर रहेगा पढ़ाई में मन लगेगा आप किसी स्कूल या कॉलेज के आज प्रोजेक्ट में बिजी रहेंगे बड़े बुजुर्गों को अपने खान पान का ध्यान रखने की आज सितारे सलाह दे रहे हैं छोटे बच्चों की भी सेहत का आपको ध्यान रखना रहेगा लंबे समय से रुके आ रहे कार्य शाम के बाद आपके पूरे होंगे लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन रहा है जीवनसाथी के साथ किसी बात को लेकर के वैचारिक चीज़ों पर मतभेद हो सकते हैं उपाय के के तौर पर आज आज आपको करना क्या रहेगा? तो आज के दिन आप लोग जो है सुंदरकांड का पाठ करिए साथ साथ ही साथ जी के मंदिर में जाकर के गुलाब के फूलों की माला आपको हनुमान जी को अर्पित करनी रहेगी चाहना रहेगा शुभ कलर भी आपके लिए रहेगा रेड और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पांच तो दर्शकों में से लेकर के मीन राशि के हमारे जो सम्मानित दर्शक हैं कैसा लगा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए दीजिए इजाजत मिलते अपने नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम